दोस्तों आज की इस कहानी से आपको सीखने को मिलेगा कि आप अपने मन को विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रखकर मजबूत बना सके आज की ये कहानी आपको जीवन में चल रही परेशानियों भरे भूकंप से छुटकारा दिलाने का ज्ञान देगी एक समय की बात है एक जैन फकीर को उनके कुछ मित्रों ने खाने पर बुलाया ये घटना है जापान की यह सात मंजिला इमारत थी जहां वो लोग ठहरे हुए थे सातवीं मंजिल पर ही उस घर के मालिक यानी गृह ने रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखी थी उस गृह ने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बुलवाया था सभी सातवीं मंजिल पर बैठकर उस जैन फकीर की बातें सुन रहे थे तभी अचानक भूकंप आ गया भूकंप आते ही भगदड़ मच गई। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए सभी उठकर बाहर की तरफ भागे देखते ही देखते दरवाजे और सीढ़ियों पर बहुत भीड़ हो गई। करीब सौ के आसपास लोग थे सभी भाग रहे थे वो गृह भी भाग रहा था जब गृह लोगों की भीड़ में फस गया तभी अचानक उसे याद आया कि की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वे जैन फकीर तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, कहीं वो कमरे में तो नहीं फंसे रह गए फिर वो जब उन्हें देखने वापस कमरे में गया तो उन्हें देखकर वो दंग रह गया वो जैन फकीर एकदम से शांति से बैठे हुए थे गृह ने मन ही मन हैरानी भरी भाव से बोला सभी लोग अपनी जान बचा के भाग रहे है लेकिन ये फकीर तो जरा सा भी विचलित नहीं हुए और ध्यान में मग्न है गृह पति एक टक उस फकीर की तरफ ही निहारे जा रहा था उस फकीर के चेहरे पर इतनी शांति थी कि ये देखकर कर वो गृह भी आकर फकीर के पास बैठ गया कुछ देर बाद जैन फकीर ने अपनी आंखें खोली और भूकंप की वजह से जिस जगह बात रुक गई थी उस जगह ऐसी उन्होंने अपनी बात जब दोबारा शुरू की तो गृह ने कहा महाराज अब मुझे कुछ भी याद नहीं कि हम क्या कर रहे थे हमारी कहाँ पर बात हुई थी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे इतना बड़ा भूकंप आया था कि अब तो इसके बाद मुझे ये भी याद नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे थे इसीलिए आप कृपया करके वो बातें दोबारा शुरू ना करें और मैं अब वो बातें पूछना भी नहीं चाहता इतना कहने के बाद गृह ने बड़ी ही जिज्ञासा और हैरानी भरे भाव से कहा अब तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता हूँ महाराज एक बात बताइए कि भूकंप आने पर हम सब बाहर की तरफ भाग गए पर आप क्यों नहीं भागे आप अंदर ही क्यों बैठे रहे वो भी इतनी शांति अवस्था में जैन फकीर ने कहा भागा तो मैं भी था लेकिन तुम सब बाहर की तरफ भागे और मैं अपने भीतर की तरफ मन में भागा जिसे जहां सुरक्षित महसूस हुआ वो वहां भाग गया लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारा बाहर की तरफ भागना व्यर्थ था क्योंकि भूकंप छठी मंजिल पर भी है और पहली मंजिल पर भी है जो सड़कों पर है वो भी भूकंप के डर ऐसी भाग रहे है जिसे जहाँ सुरक्षित लग रहा है वो वहीं भागा जा रहा है सारे लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे क्योंकि वो सब एक ही तरह भागना जानते हैं। बाहर की तरफ भागना ही इनके लिए एकमात्र भागना है लेकिन मैं अपने मन में ही यानी भीतर की तरफ भागा क्योंकि मुझे अपने मन में ही भागना सुरक्षित लगा मैं अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ कोई भी भूकंप नहीं पहुँच सकता भूकंप तो छोड़ो मन के उस स्तर पर कोई डर भी नहीं पहुँच सकता क्योंकि उस अवस्था में पहुँचने के बाद डर का वजूद ही खत्म हो जाता है इसीलिए मुझे जैसे ही असुरक्षित लगा मैं तुरंत ही अपने मन के भीतर चला गया लेकिन मैं तुमसे ऐसी ये भी नहीं कहूँगा की मैं डरा नहीं बल्कि मैं भी बहुत डर गया कि कहीं अपने भीतर पहुंचने से पहले ही मैं मर न जाऊ कहीं मेरे भीतर पहुंचने से पहले ही ये बिल्डिंग गिर न जाए मैं चिंतित था कि कहीं ध्यान में पहुंचने से पहले ही इस इमारत मुझ पर गिर न जाए लेकिन जब मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया फिर मुझे कोई चिंता और डर नहीं सता पा रहा था मन का हल शांत होकर एक परम शांति को महसूस कर पा रहा था उस भूकंप की वजह से तो केवल मेरा शरीर ही मरता क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था सच कहूँ तो मैंने ध्यान में ही अपनी जिंदगी को जिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूँ इसीलिए जैसे ही मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया मैं निश्चिंत हो गया क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था कि मरने को क्या मरना एक दिन तो सब को मरना है लेकिन कुछ न समझ लोगो के लिए मृत्यु एक डर है वो इसे गलत समझते हैं और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं जबकि की सच्चाई ये है कि जब आप जन्म से पहले अपनी मां के कोख में पलना शुरू हुए थे तो उसी क्षण से ही आपने मरना भी शुरू कर दिया था यानी जन्म के साथ साथ मृत्यु का नाता भी आपसे उसी वक्त जुड़ गया था और जैसे जैसे आपके जीवन का एक एक दिन बीतता जा रहा था उसी के साथ साथ आप मृत्यु के और ज्यादा नजदीक पहुंचते जा रहे थे ध्यान से देखा जाए तो हर दिन जिस प्रकार सूर्य उदय होकर अस्त हो जाता है उसी प्रकार मानव जीवन भी धीरे धीरे एक दिन सूर्य की भांति अस्त हो जाएगा इसके बाद उस जैन फकीर ने कहा मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूँ बल्कि शराब पिला रहा हूँ पियो खूब पियो नाचो गाओ और मुस्कुराओ जीवन में जितनी भी डर मिले अंदर की तरफ मन में गिर जाओ जीवन में किसी भूकम्प का इंतजार मत करना क्योंकि भूकंप के समय वही अंदर जाते हैं जिनका रोज आना जाना मन में रहता है मैं अपने मन के अंदर जा पाया क्योंकि मैं रोज अपने मन में अंदर जाता हूं और अंदर का ये रास्ता मेरे लिए परिचित था ये मत सोचो कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लेंगे नहीं हो पाएगा अगर जीवन भर धन की चिंता की है तो मरते वक्त वही सारे विचार मन में होते हैं मरते वक्त एक बार हमारी पूरी जिंदगी हमारे आंखों के सामने गुजर जाती है संक्षिप्त में कहूँ तो जिंदगी में हम जो भी करते हैं अंत समय में वही महसूस करते हैं अगर हमने पूरी जीवन भर किसी को दुख पहुँचाया है किसी को दिल से भला नहीं किया तो अंत समय में हम दुखी भोग रहे होंगे और दुखी मन से ही मर रहे होंगे और अगर हमने जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं लोगों की निस्वार्थ मदद की है तो अंतिम समय पर हमारे पास अच्छे विचार होंगे हम खुशी खुशी अपना जीवन अलविदा कहेंगे आखिर में फकीर ने उस गृह से कहा अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में जीना सीखो ताकि मरते वक्त तुम्हें अपने भीतर जाने में तकलीफ ना हो और तुम मौत से ना डरो तो दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा और दोस्तों अंत में जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा थैंक यू दोस्तों